ठीक नेक्स्ट रेडी अक्षरा अक्षरा वर्मा वर्मा आका राधिका रावल मैंने तो नहीं तू ये नोट है क्या ठीक है धनवाना धनवाना धनवाना को सामने और इस तरीके से सामने सामने धनवाना को हमने दाओ ये देख रहे हैं एक चीज पाजर जी में है नहीं इतना आसान करके छोड़ दो आई तो काय करू काय इतरा सारे तो तो तो तो अटेंशन मोताय खाली पिक वाजने एक वाज नाही एक वाज नाही कुठला आहे तो कोण होणार नाही कंपनी साइड बस बस आगे तो नो नो 2 seconds lekin lekin oh. lekin lekin do is tarah ka